जी सभी को दीप बुटीक कलेक्शन एक बार फिर से स्वागत है तो जी आज दिखाऊंगी क्रेप की वैरायटी बहुत ही अलग से यूनिक से डिजाइन रहेंगे अलग अलग वैरायटी रहेगी बेस रहेगा जी सबका का। तीन डिजाइन दिखाऊंगी तीनों में क्रेप का कपड़ा रहेगा ओरिजिनल क्रेप है और भाई बहुत ही सुंदर बुटीक की स्टाइल सूट है तो ये देखो जी जिन बहनों की पेमेंट और खेप और बात बता दू उनके निकाल दिए गए है दो डिजाइन है वो रिपीट में है वो बता दिया मैंने जिसकी भी पेमेंट हो रही थी वो निकाल दिए हैं भाई जो अभी मतलब उनके निकालने के बाद रह गए कोई भी ले सकता है आप भी ले सकते हो भाई तो कलर है, इसका? क्रेप का कपड़ा है। और ये देखो, इसमें सारा धागे का काम है में। आज का काम है गांठ वर्क और ये इस तरह काम रहेगा सारा येलो और रेड कलर के धागे से इसमें काम हो रहा है नड़की पाइप का और सिक्वेंस का पूरा में ये देखो बिल्कुल सुंदर सा काम हो रहा गड़े पर रहेगा ये डिजाइन और नीचे रहेगा जी ये छोटा छोटा बूटा इसमें में, में पाइप का सीक्वेंस का और दागे का काम है ये इस तरह छोटी छोटी बूटी बन रही है पूरे गड़े पे ये भी है। और बाजू रहेगी जी इसकी प्लेन ये देखो साइज पूरा रहेगा मेरे हिसाब से सब बैनो का बन जाएगा ये इधर से देखो कितना चौड़ा है तीस इकतीस का चौड़ाई है इसकी लेंथ की तो कोई इशू है ही नहीं ये देखो जिलीलन में इसकी बोटम रहेगी सेम कलर की और ये देखो इसका सुंदर सा फुल प्योर में दुपट्टा मिलेगा ये देखो रेड कलर का कंट्रास्ट में दे रखा है रखे दुपट्टा पल्ले पे तो देखो ये वाड़ी रहेगी गोल्डन कलर की पट्टी ही लगा रखी है और बीच में रहेगा ये सारा दागे का और सीक्वेंस का ये इस तरह डिजाइन ये देखो फुल प्योर का दुपट्टा रहेगा साइज भी पूरा है ये देखो फुल साइज मिलेगा और जी लुक बहुत ही सुंदर है इस सूट की और रेट भी बिल्कुल ठीक है सत्रह पचास में फ्री सीपिंग आपके घर मिल जाएगा जी सत्रह सो पचास रूपए है उसमें आपको घर मिल जाएगा एक ये देखो जी इसी का कलर है सेम डिजाइन है इसकी दुपट्टा है ना थोड़ा प्लेन दे दिया इसकी बाजू में वर्क है ये भी खोल के ही दिखा दू डिजाइन सेम है कपड़ा भी सेम है थोड़ा सा इसमें पीछे से ही डिफरेंट आ रहा है पूरा ये सेट था ना उसमें इसी तरह डिजाइन था ये देखो इसकी बाजू में दे दिया वर्क वो जो नीचे भुट्टे दे रखे थे ना उसमें इसमें नीचे से प्लेन है ऊपर गड़े पे ये काम रहेगा बाजू पर ये वाला एंड वर्क है नड़की पाइप का और सीक्वेंस का धागे का काम है नीचे ट्रेंगल लेस लगा रखी है इसमें बाजू पे काम दे दिया दुपट्टा भी प्लेन दे दिया फुल प्योर का है दुपट्टा प्लेन है ये इस तरह रहेगा आपके सूट की लुक ये देखो प्राइज सेम है वेराइटी सेम है थोड़ा सा दे रखा है है, कम कम और इनकी फिर भी डिमांड नहीं जा रही है बहुत ही सुंदर देखो कितना सोबर सा लुक है पूरे में कढ़ाई का काम है साइज का कोई इश्यू नहीं है प्योर करेप का कपड़ा ठीक है जी ये साइड में प्लेन बाजू दे रखे हैं और इतना साइज है जितने भी ज्यादा हेल्दी लेडीज हो गई किसी का भी बन जाएगा ये पूरा साइज है फुल किसी की कोई साइज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें ये देखो और इसमें देखो रेशम के धागे का मशीन का, का काम है ऊपर ये पेपर मिरर है इसके ऊपर का धागे से काम कर रखा है ये देखो कुछ इसका निकलता नहीं कुछ चुपता नहीं कुछ भी मतलब सिक्वेंस इसमें कहीं भी नहीं लगी हुई है पेपर मिररर है बस और ये है ना ट्रेंगल लेस के साथ ये टाईपट्टी मिलेगी और तीन ये स्टोन से मिलेंगे बटन की जगह ये देखो इस तरह बटन मिलेंगे ये कती सुंदर सा डिजाइन है बिल्कुल बढ़िया और ये डिजाइन आपने देख लिया एम्ब्रॉयडरी का नीचे ट्रगल लेस लगा रखी है और जी ये रहेगी इसकी सेम बॉटम रहेगी ढाई प्लस मिलेंगी जी पौने तीन से थोड़ी सी कम है इतनी सी और ढाई से ऊपर है ठीक है कह के पौने तीन तीन देवे हैं लेकिन वो आपने भी पता भाई थोड़ा सा कम मिला साइज पर ढाई से ऊपर ही मिलेंगी सभी ये देखो जी फुल प्योर का दुपट्टा और ये सर्कल के साथ ये दुपट्टा मिल जाएगा फोर साइड आपको ट्रंगल लेस मिल जाएगी ये देखो फुल साइज है कोई साइज का तो इश्यू है ही नहीं इसमें भी इक्कीस रुपए फ्री सीपिंग इक्कीस रुपए फ्री सीपिंग आपका इसका सूट का रेट रहेगा इसमें दो कलर है जी इसमें चार कलर आए है डिजाइन इतने आरोप इसकी तो है बहुत भरपूर डिमांड रहे है बहुत ही गणी इसके मतलब कई बार बेच लिए है ये भी सूट हर बार मतलब डिमांड आगे से आगे लगी रहे येलो मैंगो वाला सेट है इसमें ठीक है ये इसका दुपट्टा ये इसकी बॉटम ये शर्ट रेट सेम है इक्कीस सौ रुपये फ्री सीपी इक्कीस सौ में आपको घर मिल जाएगा एक ये देखो जी ये भी बड़ी मस्त वैरायटी है ये देखो रिपीट में है जी ये भी ये वाला भी रिपीट में है इसमें कलर आते हैं दो ही इसका तीसरा चौथा कलर कोई नहीं आया जितनी बार भी आया है दो ही कलर इसकी ये देखो जी फुल प्योर का कपड़ा रहेगा क्रेप में और ये सारा देखो ओरिजिनल ये सॉरी पेपर मिरर है ऊपर का धागे का काम है ये वाला सारा रेशम के धागे का काम कुछ भी चुभने का नहीं है इसमें सिक्वेंस वगैरा कुछ नहीं है कुछ भी और साइज फुल रहेगा उनतीस तेईस की चौड़ाई है और लेंथ है इसकी पैंतालीस लेंथ देख लियो ये नीचे रहेगा जी बॉर्डर पाइपिंग के साथ ये बॉर्डर लगा रखा है इधर सारा ये धागे का काम रहेगा ये वाली पट्टी है ना बिल्कुल सेम लगा रखी है सॉरी उसमें बॉटम रहेगी लीलन में और ये रहेगा जी फुल प्योर के साथ दुपट्टा फुल प्योर का है ये वाली लाइन रहेगी ये ब्रुश प्रिंट का दुपट्टा रहेगा ये देखो सुंदर सा के साथ फोर साइड आपको वाली पट्टी मिल जाएगी, फुल फिनिशिंग के साथ काम रहेगा, फुल लंबा चौड़ा साइज है ये देखो कैसे भी कैरी कर सकते हो ये अपना ये देखो और रेट रहेगा जी इसका दो हजार पचास रुपए फ्री सीपिंग दो हजार पचास में आपको घर मिल जाएगा डस्टी शेड है देख लेना इसके भी दो कलर है मेंगो येलो सेड है इसकी सेम डिजाइन है सेम फैब्रिक है प्योर क्रेप का रहेगा दो हजार पचास फ्री सीपी तो तो जो भी आपने पसंद है जी स्क्रीनशॉट लीजिए वो मेरे नंबर पे डाल दीजिए आपको बता दिया जाएगा अवेलेबल होगा तो भी नहीं होगा तो भी भाई पेमेंट पूछ के कराया करो हर बार कहती हूँ पूछ के कराया करो वैसे मत कराया करो मेरे को बड़ी दिक्कत होती है फिर बाद में कई बार वो स्टॉक में मिल भी जाता नहीं भी मिलता तो फिर दिक्कत वो है भाई आप भी ये मानो भाई लेट हो गया मैंने पेमेंट इतने दिन पहले कर दी तो इसका थोड़ा सा एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे पहले पेमेंट से पहले पूछ लिया तो जी आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ राम राम जी